नमस्कार साथियों आज मैं करौली जिले के आस्थाधाम मेहंदीपुर बालाजी महाराज में आयोजित होने वाली भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इसमें कथा है साथ ही राधा कृष्ण जी की विग्रह की प्रांतिष्ठा भी है जो कि 28 जनवरी 2023 को वो भी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ बाईस जनवरी से अट्ठाईस जनवरी दो तो तक चलेगा इसमें कथा का समय होगा साढ़े से साय बजे तक का महाराज के द्वारा करवाई जा रही है कथा इसमें 11 लाख कई बार सुन चुके होंगे उनके द्वारा आयोजित की जाएगी और ये कथा 22 जनवरी दो को प्रातः सात बजे से ग्यारह बजे तक पाटोली बाईपास गणेश मंदिर कथा स्थल के लिए प्रस्थान करेगी मतलब कल ये कलश शोभा यात्रा का मैं आपको समय बता रहा हूँ कथा रहेगी 22 जनवरी से 28 जनवरी तक तो साढ़े बारह बजे से साढ़े साढ़े बजे तक मैंने कथा का समय कलश यात्रा के बारे में आपको बताया इसके अलावा इसमें जो कथा होती है 22 तारीख को कलश मंगलाचरण, 23 चरण तेईस को नारदा संभाग पांडव चरित्र चुकदेवागमन 24 को कपिल देव देवभूति संभाग सती चरित्र ध्रुव चरित्र पच्चीस बावनता श्रीराम जन्म श्री कृष्ण जन्म छब्बीस श्री कृष्ण बाल ईरा मखनचूरी गिरिराज भूजन सत्ताईस महाराज कथाएं का सुरद्वार अट्ठाईसित्रंचित मोक्ष तथा विसरा में होली महोत्सव रहेगा इसमें भजन संध्या रहेगी जो साढ़े छः बजे से रात्रि नौ बजे तक रहेगी रविवार बाईस जनवरी को गायक पवन तिवारी जी बाईस जनवरी को गायक जितेंद्र वर्मा तेईस जनवरी को संजय शर्मा 24 एवं पच्चीस जनवरी को हेमंत कुमार महले 26 जनवरी को अनिल जोडा जी छब्बीस जनवरी को ही कविता पोर्वाल 27 जनवरी को सिद्धार्थ शंकर मिश्रा सत्ताईस जनवरी को कविता पोर्वा इस तरह से ये गायक विभिन्न भजन सुनाएंगे इसके अलावा और भी कई साधु संत इसमें आ, आएंगे तो आप सभी इस कथा का आनंद लें धन्यवाद